हेलो फ्रेंड्स माइसल्व डिम्पेश मैं आज आप लोगों के सामने आया हूं एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके मैं ये नहीं बोलता कि एक ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके देखिए हर इंसान इस धरती पर एक यूनिक प्राणी है अब उस यूनिक प्राणी के साथ सबसे बड़ी आश्चर्य की जो चीज़ें होती हैं वो ये होती हैं कि वो अपनी लाइफ में पैसा कमाना फैमिली को टाइम देना अपनी खुद की हेल्थ और अपना खुद का मकान बनाना ये इतनी सारी चीज़ें होती हैं उस यूनिक व्यक्ति की लाइफ में कि उसकी यूनिकनेस कहीं गुम हो जाती है अब उसको उस व्यक्ति को खुद का रियलाइजेशन करवाने के लिए किसी न किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है चाहे तो वो कोई धर्म गुरुओं के पास जाएँगे चाहे तो वो किसी काउंसलर के पास जाएंगे और चाहे तो वो किसी की हेल्प लेंगे लेकिन क्या होता है कि जब व्यक्ति बहुत उलझा हुआ होता है ना तो वो किसी के पास नहीं जाता और वो क्या करता है चीज़ों को इग्नोर करना चालू कर देता है अब इसी इग्नोरेंस में जब व्यक्ति की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज़न लेना होता है उसको तो क्या होता है कि वो व्यक्ति उस टाइम पर डिसीजन तो ले लेता है लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स की इग्नोरेंस से बना हुआ ज्वालामुखी है ये उसी टाइम पर फटता है जिसके कारण उस व्यक्ति का डिसीजन जो होता है वो क्या हो जाता है गलत हो जाता है अब डिसीजन गलत हो गया तो स्वाभाविक सी बात है पहले कम समस्याएँ थी अब और ज़्यादा समस्याएँ हो जाती हैं तो इसी व्यक्ति की छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है न्यू एज अब न्यू एज हर प्रकार से आप लोगों की मदद करने के लिए है प्लीज़ हमारी वेबसाइट को विजिट करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी